कहा था अलक्सन ने सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर आज देखो क्या नहीं है मेरे पास ये महंगा सूट ये महंगी गाड़ी मैकबुक वो भी लेटेस्ट ये क्या सूट क्यों पहना तूने मेरा? उतार और भी पहना है। और ये मैकबुक क्यों खुला है? वो, वो मैं गाड़ी की चाबी? सुनो so, no. तो क्यों बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो सर ने ये लाइन मोटिवेट करने के लिए बोला था कि एक एग्जाम एक अगर खराब हो जाए तो लाइफ खत्म नहीं हो जाती उसके आगे भी तो पढ़ना होता है सुनो तुम जाओ अपनी गाड़ी चलो तो जाओ